नमस्कार बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल पे मकर राशि के जात को अक्टूबर का माह क्या कुछ आप लोगों के लिए बढ़िया लेकर के आया है इस माह को आप लोग कैसे प्रभावी बनाएं क्योंकि इस माह में कई ऐसे व्रत एवं त्यौहार हैं जैसे कि हम दीपावली का ही उदाहरण ले लें भैया दीज ले लें ले, और धनतेरस का है तो तमाम ऐसे जो है सिद्धियाँ आने वाली है इस माह में कि आप लोग थोड़े से पूजा पाठ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं अंत तक इस वीडियो को आप लोग देखिएगा काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए इसमें सकारात्मक रहने वाला है और बहुत कुछ इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोग ग्रहण करके जाएंगे हमारा ऐसा दावा है तो दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से इस पर एक हम दृष्टि डाल लेते हैं लेकिन आगे बढ़ें आप लोगों से अपील है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए और दर्शकों आग्रह करते हैं कि 19 उन्नीसवा 20 अक्टूबर को दिल्ली में रहेंगे इच्छुक दर्शक जो कोई भी नई दिल्ली या इसके आस के क्षेत्र से हैं जैसे गाजियाबाद हो गया नोएडा हो गया मेरठ हो गया आपका हरियाला हो गया तो आप लोग आकर के मिलिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए आपके मार्ग में आखिर कहाँ बाधा आ रही कहाँ आप फंस जा रहे हैं थोड़ी बहुत ग्रहों की जो सपोर्ट है आपको मिलेगा और वो मिला जो है दिलवाने का काम हमारा रहेगा तो आप लोग आकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए उन्नीस और बीस अक्टूबर चलिए अक्टूबर 2019 के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं इस पर हम एक दृष्टि डाल लेते हैं तो देखिए सबसे पहले 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती रहेगी और गांधी जयंती भी रहेगी 6 अक्टूबर को महाअष्टमी पूजा रहेगी 7 अक्टूबर को महानवमी का पारण रहेगा और शारद जो है जो नवरात्रि रहेगी इसका समापन भी एक प्रकार से है आठ तारीख को दुर्गा जी का विसर्जन रहेगा जो मूर्ति हम लोग बैठाते हैं दुर्गा जी की नवरात्र में उसका विसर्जन रहेगा और दशहरा पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है नौ तारीख को पापकुंछा नामक एकादशी व्रत रहेगी 11 अक्टूबर शुक्रवार दिन रहेगा शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रहेगा तेरह अक्टूबर रविवार दिन रहेगा शरद पूर्णमा जिनको हम फुलमून के बारे में बताते हैं पूर्ड चांद जब निकलता है हमारे जो उपाय हैं जो हमारे दर्शक हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं उनको हम बताते हैं तो तेरह अक्टूबर को पूर्णिमा भी है वाल्मीकि जी की जयंती भी है वहीं सत्रह अक्टूबर को करवा चौच का व्रत है संकष्ठी चतुर्थी है इक्कीस तारीख को सोमवार दिन रहेगा अहोई अष्टलक्ष्मी व्रत रहेगा जी हाँ चौबीस तारीख गुरुवार दिन रहेगा रमा एकादशी व्रत रहेगा पच्चीस अक्टूबर शुक्रवार दिन रहेगा धनतेरस और प्रदोष व्रत रहेगा जी हाँ धनतेरस रहेगा तमाम इनसे वीडियो दीपावली से रिलेटेड हमारे चैनल पर पड़ी है और मकर राशि के जातक को वार्षिक राशिफल भी आप लोगों का 2020 का पड़ गया है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए वार्षिक राशिफल में आप लोग देख सकते हैं छब्बीस अक्टूबर को नरक चतुर्दशी शनिवार दिन रहेगा सत्ताईस अक्टूबर रविवार दिन और दीपों का पर्व दीपावली जी हां महालक्ष्मी पूजन भी इसी दिन होगा 28 तारीख को सोमवार दिन रहेगा गोवर्धन पूजा रहेगी 29 तारीख को भैया द्वित रहेगा और विश्वकर्मा जी की जयंती रहेगी दर्शकों ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या कहती है इस पर एक हम लोग दृष्टि डाल लेते हैं सूक्ष्म तो देखिए मकर लग्न की ये आप कुंडली देख सकते हैं और प्रस्तुत राशिफल हमारा देखिए दर्शकों चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम गृह गोचर जन्म राशि प्रधानत्म नाम राशि न ना चिंतन तो देखिए यहाँ मकर राशि दस नंबर लिखा है उदित हो रही है शनि और केतु नौ नंबर धनु राशि में बैठे हुए स्थान पर आठ नंबर में जुपिटर गुरु बैठे हुए हैं आपके जो लग्न के मालिक शनि हैं ये द्वादश चले गए वह स्थान पे चले गए गौर करिएगा हमारे शब्दों को और समझने की कोशिश कीजिएगा सात नंबर जहाँ लिखा इसको है इसको टेंथ हाउस बोलते हैं कर्म का स्थान है बुद्ध शुक्र का यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है छः तारीख को सूर्य जो है छः नंबर जो लिखा हुआ है ये नॉम हाउस होता है भाग्य का घर होता है यहाँ सूर्य मंगल का पराक्रम योग भी बना हुआ और सत्रह तारीख को सूर्य जो है चले जाएँगे सात नंबर में अर्थात अपनी नीचस्थ राशि में चले जाएंगे काफ़ी कुछ उथल पुथल होगा तीन नंबर जहाँ आप देख रहे हैं छठा स्थान होता है कुंडली का और यहाँ पर राहुदेव बैठे हुए हैं तो दर्शकों इन्हीं ग्रहों की स्थितियों के आधार पर अक्टूबर माह का हमने राशिफल तैयार किया है देखिए एक से चार चंद्रमा को जो सवा दो दिन में जो है क्लास चेंज करता है उसको हमने जो है अपने राशिफल में इंक्लूड कर लिया है और बिना चंद्रमा के तो राशिफल बन ही नहीं सकता है डेली राशिफल भी आप हमारा देख सकते हैं चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं तो एक से चार अक्टूबर तक का जो गोचर रहेगा आपके लिए वाक्य चातुरता प्रदान करेगा किसी पद की आपको प्राप्ति होगी आपके विरोधी परास्त होंगे व्यवसायिक क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा होगी बिकॉज ऑफ बुद्ध शुक्र लक्ष्मी नारायण योगास इन टेंथ हाउस जी हाँ टेंथ हाउस में शुक्र स्वाग्रही है तो इसी कारण आपको पद की प्राप्ति होगी विरोधी आपके परास्त होंगे और आपको कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी मान सम्मान मिलेगा पद प्रतिष्ठा मिलेगी दांपत्य जीवन का आपके सुख मिलेगा सामाजिक कार्यों में आप समय देंगे लेकिन आपका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ेगा जो छठे स्थान का राहु है यहाँ पर ठीक नहीं है आप लोगों के लिए आपका मन कुछ अशांत रहेगा जब जब चंद्रमा शनि के साथ गोचर करेगा मन में अशांति आएगी इवन आप उस दिन डिप्रेशन के भी शिकार रहेंगे वहीं देखिए दर्शकों जो अक्टूबर तक पराक्रम पर फलिष होगा पदोन्नति होगी पारिवारिक सुख समृद्धि रहेगी महिलाओं के कारण कुछ कले की स्थिति आपकी बन सकती है विरोध एवं विरोधी आपके प्रभावी होने से मानसिक आप व्यथा अनुभव करेंगे वहीं 24 से 27 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा पारिवारिक सुख शांति तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण में बाधाएं आएंगी आपके अवरोध बने रहेंगे धनागमन में कमी रहेगी धन तो आएगा लेकिन वो चला जाएगा आपके जो यहाँ पर लगन के मालिक बनते हैं वह के घर में चले गए तो इसी कारण कह रहे हैं कि धनागमन में कमी रहेगी पैसा आएगा आप स्टोर कर नहीं पाएंगे खर्च हो जाएगा उल्टा तो कहाँ से आपके पास पैसा रहेगा वहीं रोग द्रस्त होंगे यश तथा मान सम्मान में कुछ आएगी कोई ब्लेम लग सकता है, क्यों लग सकता सकता है है क्यों क्योंकि 17 तारीख के बाद यहां पर नीच के है, आपके जो कार्य क्षेत्री लोग है वो आपके खिलाफ प्लानिंग करेंगे तो इनसे आपको बचना रहेगा यश तथा मान सम्मान में कमी रहेगी संतान के विषय में आपको कुछ चिंता सताएगी आपकी प्रवृत्ति जो रहेगी शुभ कार्यों में रहेगी 28 अक्टूबर से मास के अंत तक आपका व्यवसाय एवं अन्य कार्यों में सफलता मिलेगी आर्थिक संतुलन मकर राशि के जातकों का मजबूत होगा पद प्रतिष्ठा में वृद्धि दांपत्य जीवन में सुखमय रहेगा कोई नया प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है इस बीच आपको सहकर्मियों का भी आपके ऑफिस में सहयोग प्राप्त होगा महिलाओं के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी माह अक्टूबर में लाभ स्थान पर देखिए हम आपको बता रहे हैं बुद्ध और गुरु जी हाँ जो बुद्ध देख रहे हैं ये गुरु के साथ हो जाएंगे तो विभिन्न आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वित करने के संकेत भी मिलते हैं व्ययेश गुरु मतलब 12th उस के लॉर्ड गुरु लाभ स्थान में रहने से कुछ लाभ में कमी आएगी सूर्य नीच अस्त होने से बना हुआ कोई कार आपका बिगड़ सकता है संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद व्यवसाय में धन लाभ एवं पदोन्नति के योग है शनि के व्यवस्थान में होने से हमने आपको बताया कि अनियोजित खर्च का योग बन रहा है कुछ शारीरिक कष्ट भी हो सकता है तो ओवरऑल ये स्थितियाँ आपके साथ रहेंगी ही रहेंगी लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी पराक्रम आपका बढ़ेगा जुपिटर जहाँ पर बैठा हुआ यहाँ से पंचम दृष्टि ट्वेल्थ अपने घर को देख रहा है पराक्रम स्थान को देख रहा है तो यहाँ पर आपको पराक्रम में आप कहीं से पीछे नहीं हटेंगे लड़ झगड़ करके अपना हक आप लेंगे लेकिन लेंगे जरूर वहीं पर आपको कुछ अपनी वाड़ी पर संयम रखना पड़ेगा ससुराल पर्चे से बात की बात हो सकता है तो दर्शकों इस माह में सबसे ज्यादा भाग्यशाली नंबर जो है कलर आपके लिए कौन सा रहेगा कोशिश कीजिएगा ब्राउन नीला व्हाइट कलर और आसमानी कलर का प्रयोग यदि इस माह आप करते हैं मकर राशि के जात आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपका जो भाग्यशाली अंक रहेगा ये दस और ग्यारह नंबर रहेगा आपके लिए अनुकूल दिशा जो रहेगी ये साउथ दिशा रहेगी और नॉर्थ दिशा रहेगी इन दिशा में यदि आप प्रयास करते हैं आप सफल होंगे इस माह की सबसे शुभ तारीख सबसे ज्यादा प्रभावशाली डेट जो रहेंगी दो तारीख नौ तारीख सत्रह तारीख तारीख तारीख तारीख ज्यादा के लिए रहेगी वहीं अशुभ दिवस की यदि हम बात करें तो चार तारीख सात तारीख बारह तारीख चौदह तारीख उन्नीस तारीख चौबीस तारीख छब्बीस तारीख अट्ठाईस तारीख ये जो डेट्स हैं इसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है अब आते हैं उपाय की ओर चूँकि इस माह में दीपावली का पर्व भी पड़ पर जो है पड़ रहा है तो आप लोगों को कुछ बढ़िया सा हम उपाय बता देते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति आपको हो तो कोशिश कीजिए इस माह प्रतिदिन श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का आप लोग पाठ ज़रूर करिए मकर राशि के जातकों हमारे चैनल में जाइए और मकर राशि के जातकों के लिए भाग्य की कुंजी नाम से हमने से जो है सीरीज़ बनाई है प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके देख सकते हैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चाबी हम उसमें देंगे कि भाग्य के बंद दरवाजे आप उस चाभी से खोल सकते हैं तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग अपने पर्स में क्या रखें तमाम ऐसी वीडियो हमने बनाई है वास्तु से रिलेटेड हर चीज़ इस चैनल पर आपको मिलेगी आप बस देखने की ज़रूरत है आप लोगों को दूसरा दर्शक को बताना चाहेंगे कि कोशिश कीजिएगा क्योंकि शनि की साढ़े साथी भी चल रही है और शनि जो है द्वादश स्थान पे हैं त्रिक भाव में हैं तो कोशिश कीजिए कि शनिवार और मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ और दशरथ के शनि स्रोत का पाठ आप लोग जरूर करिए सूर्य देव को नित्य अर्घ देना चूंकि सूर्य नीच के हो जाएंगे तो आपको ऑफिस में प्रॉब्लम ना दे कुछ हड्डियों से रिलेटेड दर्द ना दे तो प्रातःकाल जल्दी उठिए देव को आपको अर्घ देना रहेगा सोमवार के दिन दूध मिश्री या चीनी का दान किसी महिला को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा पूर्व दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना है इस ये आपको विशेष ध्यान देना है तो दर्शकों ये तो था देखिए उपाय अब आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए पर्टिकुलर क्या उपाय बता है, जो है बना है उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा आप टेलीफोन के माध्यम से भी करवा सकते हैं या 19 व 20 तारीख को हमसे दिल्ली में मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा सकते हैं कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार